और जिस स्थिति में भारत आज खड़ा है इसका एक परसेंट भी अंदाजा देश के लोगों को नहीं है क्योंकि हम उस तरीके से सोचना नहीं चाहते इसमें से रास्ता निकाल करके भी उसने जो उनके दुश्मन थे एक एक करके पहले उनको पैदल किया किसी से कहा कि आप मकान खाली करें 38 लाख के मकान में किस लिए रह रहे हैं आप और कहा कि अपना कहीं ले लें क्योंकि उनके ऑफिशियल अकाउंट के बारे में यह बताया जाता है कि वह दुनिया की नंबर दो की रिच महिला हैं कौन सा बिजनेस किया पता नहीं लेकिन हैं और हम खुश हो रहे हैं यह करके कि साहब देखिए इतना पैसा कहां से आया उन्हें अड़तीस लाख का सरकार के खर्चे पे मकान चाहिए ना एम है ना एमएलए पहले उन्हें पैदल किया और फिर इस बार पूरे गाजे बाजे के साथ जो 26 जनवरी मनाई जाती है हमारे यहां रिपब्लिक डे उस रिपब्लिक डे की तैयारियां 24 जनवरी से शुरू हो जाती हैं यानी ऑफिशियल कार्यक्रम 24 जनवरी से शुरू होता है उसने कहा एक दिन पीछे ले जाना चाहता हूं मैं सुभाष चंद्र बोस 23 जनवरी को पैदा हुए थे इस प्रधानमंत्री ने एक ही लाइन में सिर्फ यह कहा कि 26 जनवरी अब की से 23 जनवरी से शुरुआत होगी और अब आखिर तक ऐसे ही मनाई जाएगी सुभाष को बैठे बैठे जिंदा किया अच्छा उसको एक बहुत अच्छी आदत है दोस्तों से भले ही वो खुश रहता है नहीं रहता मुझे नहीं पता लेकिन जो उससे नाराज रहते हैं बीच बीच में उनको चढ़ाता रहता है उनको लगता है कि तुम पंजों पर खड़े रहो अभी तुम आराम से बैठो मत मैं फिर नया कुछ करने वाला हूं जैसे ही लोग इस सदमे से बाहर आए कि 26 जनवरी अब सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन से शुरू होने वाली है पांच दिन बाद खुद गया और कहा कि यहां इंडिया गेट पर यह जो कैनोपी खड़ी हुई है जिस कैनोपी के अंदर ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखने वाला जॉर्ज पंजम की मूर्ति लगी हुई थी उसको हटाकर के कुछ चाटोकारों ने कई बार कोशिश की कि वहां इंदिरा गांधी की लगाते हैं। भाग देखिए इसलिए मैंने कहा यकीन रखिए अपने ऊपर थोड़ा दहर रखिए अपने ऊपर कोई सोच नहीं सकता था दस साल पहले कि इस देश में कोई सुभाष का नाम भी ले ले। सुभाष पर कोई चर्चा हो सकती हो उसने अपनी ताकत से देश का मूड जानते हुए उसको लगने लगा कि अब फूल वाले चचा इस समाज में कम पैदा हो रहे हैं सुभाष ज्यादा पैदा हो रहे हैं आपने ये मैसेज दिया उसे बहुत साफ साफ दिया और यह मैसेज यह था कि 2014 में हमने तुम्हें दो सीटें दी हैं इससे काम ठीक से हो नहीं पा रहा है आपने कहा कि हम 303 देंगे लेकिन काम हमारा पहले करना उस आदमी ने गुजरात का एक शख्स जिसका नाम मैं सार्वजनिक नहीं करना चाहता जो बहुत बढ़िया मूर्तिकार है इस पूरे एपिसोड में अनाउंसमेंट बहुत बाद में हुआ उस मूर्तिकार से मेरे बड़े निजी संबंध है और वो पता नहीं मेरे वीडियो सुन सुन के बिगड़ गया बेचारा उसने मुझे ये खबर एक हफ्ते पहले बता दी थी लेकिन उसने हाथ जोड़ के कहा कि पुष्पिन जी यह पब्लिक नहीं होनी चाहिए उस घोषणा के बाद उन्होंने कहा कि जॉर्ज पंजम चले गए उनके मानने वाले भी चले गए और जिन्होंने ये पार्लियामेंट बनाया था उसे मैंने ध्वस्त कर दिया है अब इंडिया गेट के उस कनोपी के ऊपर 28 फिट ग्रेनाइट की सुभाष की मूर्ति लग गई है आने वाली नस्लें जब उस सुभाष को देखेंगी तो उसके उस पराक्रम के बारे में जानेंगी उसकी उस बहादुरी के बारे में जानेंगी और उस बहादुरी को जानने के बाद उनके अंदर एक ऊर्जा का संचार होगा कि हमारे बाद पूर्वज बहादुर थे वो लड़े लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी इसलिए छोटे छोटे काम से राष्ट्र कैसे मजबूत होता है उसकी ट्रेनिंग हमारे हमारे भारत के इतिहास में दो ऐसे लोग हुए और दोनों ही तफाक से आपके महाराष्ट्र के हैं और भी होंगे लेकिन दो के बारे में मैं बहुत शिद्दत से बोलता हूं अहिल्याबाई होलकर वो मध्य प्रदेश में रही हैं अब सोचिए कि अहल्याई होलकर का अगर उनका पूरा जीवन पड़े तो बड़ा कष्टों वाला जीवन था उनका लेकिन आप सोचिए कि अहल्याई होलकर कहां महाराष्ट्र और कहां बनारस अहल्याबाई होलकर को जो सोना चांदी उनको मुंह दिखाई में शादी में मिला आप जरा उस महिला को उस तरीके से पढ़ें, तब पता चलेगा यार आज हम किन्हीं कारणों से बौने हो गए हो लेकिन हमारे पूर्वज बौने नहीं थे अहिल्याबाई होलकर को जो मुंह दिखाई में पैसा मिला उस पैसे से अहल्याबाई होलकर ने बनारस के मंदिरों का जीर्णोद्वार कराया यह कोई सोच सकता है वैसे छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्र के हैं मराठा हैं आप खुश हो सकते हैं लेकिन उन्हीं शिवाजी ने कहां ये और कहां बनारस इसलिए उस दौर के राजा महाराजाओं ने भी राष्ट्र को भी बनाया और राज भी चलाया छत्रपति शिवाजी यहां से बनारस तक जाते हैं और घाटों का निर्माण कराते हैं क्या छत्रपति शिवाजी कम्युनल थे क्या उनको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा किसी को क्या राज सत्ताओं का काम सिर्फ राज चला ही होता है राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं होता है आज जितने भी म्यूजिक के घराने हैं बड़ौदा के अंदर गायकवाड़ साहब है उनका आज भी किला मौजूद है उनके परिवार के लोग आज भी मौजूद हैं उन्हीं ने अंबेडकर साहब को स्कॉलरशिप पे बाहर भेजा था पढ़ने के लिए उन्होंने ही एक राजा रवि वर्मा नाम के बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं वो उनको अपने राज में लाए और उन्होंने कहा कि आप बनाइए और आज ये मंदिरों में पिछले कई सौ सालों से हम जो मूर्तियां देखते हैं राम की और सीता की और लक्ष्मी की ये राजा रवि वर्मा के इमेजिनेशन से बनाई गई हैं हमारे राजा महाराजा ने उस आर्ट एंड कल्चर को हमारे सरोकारों को आगे बढ़ाया लेकिन आज देखिए हुआ क्या है आपकी ताकत बार बार कह रहा हूं एक आदमी शपथ लेता है भारत के संविधान की हम तो जरा सी कपड़ा बदलने अगर ये बेचारे वर्दी में जो है इनके प्रोटोकॉल में अलाव नहीं है लेकिन भारत का प्रधानमंत्री संविधान की शपथ लेता है प्रधानमंत्री निवास में बैठता है एक प्रधानमंत्री के रूप में देश के लिए क्या करना है वो उसका अलग मामला है लेकिन यहां से राष्ट्र और देश की परिभाषा को दो हिस्सों में बांट देता है इसलिए देश का जो उसका काम है वो करे मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है लेकिन एक राजा का काम सिर्फ भूमि के टुकड़े भारत को बचाना नहीं है उसके लिए सेना है पुलिस है सब है एक राजा का काम सदियों से हम जो देख रहे हैं राष्ट्र की परंपराओं और सरोकारों को बचाना भी है इसलिए प्रधानमंत्री बना जीता उसने चिंता नहीं करी कि अंकल सैम के यहां जाना है वो नहीं गया और हम क्योंकि आदि हो चुके हैं अंकल सैम के दरबार में नतमस्तक होने में पेंट टाइप पहन के जाने में आप सोचिए कि वो शख्स प्रधानमंत्री बनने के बाद नेपाल गया लोगों ने कहा नेपाल चला गया अब जिन्हें अपने साथ जाते थे और पूरा हेलीकॉप्टर भर के जाता था उन्हें लगा कि यार नेपाल चला गया नेपाल में क्या रखा है वहां तो वो भी नहीं मिलती जो शाम सात बजे के बाद पीते हैं तो बड़ा बेकार टाइप का पिए हमें वो गया देखिए मैं यहीं से कह रहा हूं उसने प्रधानमंत्री का पद उसके साथ जब तक है तब तक रहेगा वो अपोलोजिस्टिक नहीं था भाई प्रधानमंत्री के ऑफिस में बैठकर के प्रधानमंत्री की जो जिम्मेदारियां जो उसका दायित्व है वो अपनी जगह है उसने ऑफिशियल फंक्शन शुरू करने से पहले नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर के अंदर गया जिन कपड़ों में वो अंदर गया और जब निकल के आया तो इतने रुद्राक्ष इतना बड़ा माथे पे तिलक था कि लोगों को लगा इंटॉलरेंस बढ़ गई है वो उसकी आस्था का मामला है उसने अपनी आस्था को यह सोच के नहीं है लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे यार फिर नेपाल के बाद वो हर उस जगह गया बांग्लादेश भी गया वहां भी ढूंढ लिया उसने यहां मंदिर है यहां मंदिर सामने हैं तो भी नहीं जाएंगे क्योंकि मंदिर तो वो एक नए ज्ञानी आए हैं जो सोना बना रहे उन्होंने कहा मंदिर तो वही लोग जाते हैं जो लड़कियों को छेड़ते हैं अब उनकी स्थिति आपने ऐसी कर दी है आप बदले तो राजनीति का चरित्र बदला और अब इस बात की दौड़ हो गई है कि हमको मोदी से बड़ा हिंदू बनना है तो इस जल्दबाजी में बेचारा कुर्ते के ऊपर ही जनेऊ पहन के घूम रहा है किसी तरह देख लो और कौन से पहनू कुर्ते के नीचे पहनू कभी मंदिर जाता है कभी आता है उसकी कोई समझ अपने पिता पे शर्माने लगे अपनी मां पे शर्माने लगे तब भी पिता ही है जिसकी पैर की उंगलियों में पुराने बिशवेल हैं पुरानी सी एक पायल है देहाती अंदाज में वो जमीन पे बैठ जाती है तो जिस दिन उस बेटी को और उस लड़के को अपनी मां को मेहमानों के सामने बिठाने में शर्म आएगी समझ समझिए समाप्त हो गया